हरियाणा पंजाब तो बेकारी बदनाम है आओ कभी उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है आओ कभी उत्तर प्रदेश रंगबाजी क्या होती है? हम तुम्हें बताते हैं ना गुंड पे गाना बनाते हैं ना गाड़ी जाट गुजर लिखाते हैं हमारे यहाँ पाँच पाँच साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं चारी सारी चारी सारी चारी सब जगह शादी में